हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अरबी के पत्तों की सब्ज़ी वैसे तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है और सभी को बहुत पसंद आता है कुछ लोगों को ये रेसिपी पत्तों में खराश होने के कारण पसंद नहीं आती है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसे आप फॉलो कर कर इस पत्ते की सब्जी को बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना सक सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पास ये अरबी के पत्ते लिए हैं तो मैंने बहुत ही छोटे साइज के पत्तों का इस्तेमाल किया है बड़े वाले पत्ते की सब्जी उतनी अच्छी नहीं बनती है तो मैंने इसे धो लिया है पत्तों को अब हम साइड रख देंगे और इसी के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ बहुत सारा लहसुन लिया है एक इंच अदरक का टुकड़ा एक चम्मच काले मिर्च और छः हरी मिर्च लिए हैं एक बार में हम इन सभी का एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे तो पेस्ट को हमें बहुत ही महीन पीसना है और यहाँ मैंने दूसरी तरफ एक कटोरी में दो से तीन चम्मच पीली वाली सरसों लिया इसी में हम दो चम्मच काली वाली राई एड करेंगे और इसका भी स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे तो काली और पीली दोनों सरसों को मिक्स करके हमें सब्जी बनाना है उससे सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है हाफ एन आवर पहले मैंने यहाँ पास एक कटोरी में थोड़ा सा इमली फूलने के लिए डाल दिया था और यहाँ मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा चावल फूलने के लिए डाल दिया है और अब हम चावल और मसालों का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे तो देखिए तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है तो अब हम चलते हैं पत्तों की सब्जी के लिए बैटर बनाने के लिए तो एक मिक्सिंग बॉल में हम डेढ़ कटोरी बेसन ऐड करेंगे आप चाहे तो चावल का पेस्ट बनाने के जगह पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर डाला है एक चम्मच मिर्ची पाउडर और एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और दो चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन काली मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें तीन साढ़े तीन चम्मच ये चावल का पेस्ट ऐड कर लेंगे चावल का पेस्ट ऐड करने से पत्तों थोड़ा सा क्रंची रहेगी वो सॉफ्ट नहीं होती है उतनी और अब हम इसमें ये इमली का पानी ऐड करेंगे इमली के पानी से पत्तों की खराश कम हो जाती है और अब हम इसमें डेढ़ चम्मच नमक ऐड कर देंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक थिक बैटर बना के हमें तैयार कर लेना है अब चाहे तो यहाँ इमली के पानी की जगह पर आप यहाँ नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर नींबू का अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी हो जाती है इसलिए कोशिश करें कि जहाँ तक हो इमली का ही इस्तेमाल करें इस रेसिपी में तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक थिक बैटर बना के तैयार कर लिया है हमें इससे ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है ये बिल्कुल परफेक्ट है तो अब हम ये पत्ते लेंगे और पत्तों के सबसे पहले हम ये डंठल जो होते हैं उसे कट करके हटा लेंगे डंटे सहित अगर हम पत्तों पर बैटर लगाएंगे तो पत्ते फट जाएंगे इसलिए सबसे पहले हमें ये डंठल हटा लेना है तो आप देख कि मैंने सभी पत्तों के डंठल को हटा लिया है और अब पत्ते बिल्कुल रेड। अब हम एक कटिंग बोर्ड लेंगे आप चाहे तो यहाँ पास बड़ा बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर अब हम एक पत्ते रखेंगे अगर आप पत्तों को सीधा रखकर इस पर बैटर लगाएंगे तो पत्ते इस तरह से मूलने लगते हैं तो मैं इसे पलट लेती हूं और पलट कर हम इसके ऊपर बैटर लगाएंगे उससे हमें उससे हमें पत्तों पर बैटर लगाने और पत्तों को मोड़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी तो अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा बैटर लगाएंगे तो आप चाहे तो इसे चम्मच से भी लगा चम्मच से चारों तरफ बैटर अच्छे से नहीं लगेगा इसलिए मैं हाथ से लगा रही हूँ तो हमें चारों तरफ इस तरह से इसके किनारों में भी बैटर को लगाते जाना है और इसे लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक और पत्ता रखेंगे तो हमें सभी पत्तों को उल्टा ही रखना है पलट के ही हम रखेंगे और इसके ऊपर भी हम आप बेटर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां बहुत ही छोटे पत्ते का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के लिए बड़े पत्ते की सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनती है ये छोटे जो पत्ते होते हैं इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है पत्तों को हमें एक जगह रखना नहीं है आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने इसे अलग अलग जगह पर रखा है और इसके ऊपर बैटर लगाएंगे अगर हम एक जगह पर पत्तों को रख के और बैटर लगाएंगे तो फिर से ये मोटी हो जाएगी और किनारों से पतली रहेगी तो हमें पत्तों को चारों तरफ से रखते हुए उस पर बैटर लगाते जाना है मैं यहाँ लगभग एक बार में दस पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ बैटर लगाने के लिए पत्तों को उल्टे करके बैटर लगाने से आप देख सकते हैं कि एक भी प्रॉब्लम नहीं होती है बहुत ही अच्छे से बैटर पत्तों पर लग जाता है तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के लिए सबसे पहले हम इधर साइड से इसे थोड़ा सा मोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसे दूसरे साइड से भी थोड़ा सा मोड़ लेंगे चारों तरफ से हमें थोड़ा थोड़ा पत्तों को मोड़ लेना है उसके बाद एक तरफ़ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से हमें लेकर इस तरह से इसे बना लेना है और अब हम एक धागा लेंगे और धागे को हम एक साइड से पकड़ेंगे और उसे दूसरी तरफ से इस तरह से घुमाते हुए हमें इसे बांध लेना है आप यहाँ किसी भी धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने थोड़ा मोटा वाला धागा का इस्तेमाल किया है और अब हम ये दोनों साइड के धागे को इस तरह से धागे के अंदर डालेंगे ताकि ये खुले नहीं तो देखिए मैंने एक स्टिक बना के तैयार कर लिया है और ये ना तो ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली तो इसी तरह हम बाकी के भी स्टिक बना के रेडी कर लेंगे तो पत्तों से टोटल चार स्टिक बने हैं और यहाँ पास थोड़ा सा बैटर भी बच गया है तो इस बैटर का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे तो सबसे पहले हम पत्तों को स्टीम करेंगे स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाही में थोड़ा सा पानी डालकर गर्म कर लिया है और अब हम इसमें एक स्टैंड रखेंगे इस्टैंड के ऊपर हम एक जाली वाला प्लेट रखेंगे और सभी पत्तों को हमें इसमें अच्छे से शिफ्ट कर लेना है आप चाहे तो पत्तों को डायरेक्ट पानी में भी इस्टीम कर सकते हैं पर उसमें ये थोड़ी सी मसाले जो है बेसन जो है घुल जाते हैं तो मैं इसे इस तरह से स्टीम करूँगी इसे अब हम कवर कर देंगे और कवर करके हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है तो बस हम इसे पाँच मिनट के लिए कुक करेंगे पाँच मिनट बाद आप देख सकते हैं कि पत्ते अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है और काफ़ी हद तक कुक भी हो गई है और अब पत्ते का कलर भी चेंज हो गया है तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे पत्ते को अच्छे से ठंडा होने तक का वेट करेंगे दस मिनट बाद पत्तों को फ्राई करने के लिए हम गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें तेल डालेंगे तो तेल हमें यहाँ थोड़ा ज्यादा ही डालना है जब तक तेल गर्म हो रहा है हम पत्तों को कट कर लेंगे तो देखिए, अब चारों स्टिक अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब हम एक स्टिक लेंगे और सबसे पहले हम इसके धागे को निकाल लेंगे तो धागे आसानी से निकल जाते हैं। इसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अब देख सकते हैं और अब हम इसे कट करेंगे तो इसलिए मैंने थोड़ा मोटा वाला धागा का इस्तेमाल किया था और अब हम एक चाकू की मदद से इसके पीसेस कर लेंगे तो आपको जितने बड़े पीसेस चाहिए आप उस हिसाब से इसे कट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ज़्यादा मोटा नहीं काटा है और ना ही ज़्यादा पतला कितने बड़े बड़े ही पीसेस हमें करने हैं पत्तों को हमने पाँच मिनट तक के लिए स्टीम किया था उतने में आप देख सकते हैं कि पत्ते काफ़ी अच्छे से कुक हो गई है इससे ज़्यादा हम इसे कुक करते तो ये ओवर कुक हो जाती है और पत्ते को हमें कट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती और अब हम बाकी के भी सभी स्टिक्स को इसी तरह से कट कर लेंगे उसके बाद हम पत्तों को फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ बचे हुए बैटर में थोड़ा सा और चावल का पेस्ट डाला है और इसमें हम थोड़ा सा और इमली का पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये ज़्यादा थिक बैटर है हमें इतना थिक बैटर नहीं चाहिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बैटर को हमें थोड़ा सा पतला करना है जैसे हम पकोड़ों तलने के लिए बैटर बनाते हैं उसी तरह का बैटर अब हमें बनाना है बैटर बन अब रेडी हो चुका है तो चलिए अब हम पत्ते फ्राई करते हैं अब तेल भी अच्छे से गर्म हो गई है तो इस समय गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है और तेल को मैंने बहुत ही कम गर्म किया है अब हम एक पत्ते के पीस लेंगे और उसे हम बेसन में डिप करेंगे और उसे तेल में फ्राई करेंगे तो पत्तों को फ्राई करते समय आप गैस का फ्लेम फुल ना रखें अगर आप फुल फ्लेम पे पत्तों को फ्राई करेंगे तो ये अंदर से पकेगी नहीं कच्चे ही रह जाएगी और बाहर से ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी तो देखिए एक बार में जितने पत्ते तेल में आ सके मैंने उतने पत्तों को ऐड कर लिया है और अब हम इसे कुछ सेकेंड के लिए एक तरफ से फ्राई होने देंगे कुछ सेकंड बाद हम इसे पलट लेंगे तो जिस जिस पीस को हमने पहले ऐड किया था उसे हमें पलट लेना है तो देखिए एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इसी तरह से हमें इसे पलट लेना है और हम इसे दूसरे साइड से भी कुछ अच्छे से फ्राई करेंगे तो जिसे मैंने पहले डाला था उसे तो मैंने पलट लिया और अब देख सकते हैं कि ये अभी अच्छे से पकी नहीं है तो हम इन पीसेस को कुछ सेकेंड के लिए और पकने देंगे उसके बाद हम इसे पलटेंगे को सेकेंड बाद हम बाकी के भी ये पीसेस को पलट लेंगे और उसके बाद हमें इसे उलट पुलट के दोनों साइड से हमें अच्छे से फ्राई करना है गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और पत्तों को हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है पत्तों में खराश होने के कारण मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें इमली का पानी ऐड किया है इससे अब ये बिल्कुल भी इसमें खराश नहीं रहेगी तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि पत्ते अब दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और आप इसका एक बार कलर देखिए ये दोनों साइड से कितने बढ़िया से पकोड़े जैसे फ्राई हो गई है अब हमें इन सभी को निकाल लेना है और इससे ज्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे अगर आप इससे ज्यादा और इससे अगर कम अगर पत्तों को फ्राई करते हैं अगर आप पत्तों को लाइट फ्राई करेंगे तो ग्रेवी में जाने के बाद पत्ते का कलर और भी हल्का हो जाएगा और सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी तो अब हम बाकी के भी बचे हुए सभी पत्ते के पीसेस को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे आप चाहे तो इस पत्ते के पकोड़ों को आप इसी तरह खा सकते हैं बिना ग्रेवी बनाए हुए भी सभी पत्तों को मैंने फ्राई कर लिया है तो अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने उसी तेल में थोड़ा सा तेल और डाला है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा मेथी एड कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें एक चौथाई चम्मच हिंग डालेंगे आधा चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे और इन सभी को हमें कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेना है और अब हम इसमें एक प्याज डालेंगे इसी के साथ हम इसमें दो कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और प्याज और हरी मिर्च को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे जब प्याज और हरी मिर्च का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे तो ये मैंने तीन टमाटर को रफली कट कर लिया है और टमाटर को हम एक बार प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर भी अब काफ़ी सॉफ्ट हो गई है तो अब इसमें हम दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें यह सरसों और राई का भी पेस्ट ऐड करेंगे इन दोनों मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए भुनेंगे कुछ सेकेंड बाद हम इसमें बाकी के भी मसाले ऐड करेंगे तो मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी तो लगभग हम इसमें दो चम्मच हल्दी पाउडर डाल उसके बाद हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे तो ये तीखी वाली मिर्ची पाउडर है तो मैं लगभग तीन चम्मच मिर्ची पाउडर डालूंगी आप तीखा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और अब हम इसमें दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और अब हम सभी मसालों को मीडियम फ्लेम पर कुछ समय के लिए भुनेंगे मसालों को हम लगभग पाँच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनना है पाँच मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मसालों में से तेल रिलीज होने लगी है तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे तो नमक हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे जगह डाला है तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए ही नमक का इस्तेमाल करें और अब हमें नमक के साथ इन मसालों को अच्छे से भूनना है जब तक मसाले में से अच्छे से खुशबू ना आने लगे और तेल ना रिलीज होने लगे तो मसालों को हम लगातार चलाते हुए लगभग पाँच से सात मिनट के लिए और भूनेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छी तरह से भून चुकी है तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे पत्ते की सब्जी में ग्रेवी थोड़ी सी पतली होती है तो इस समय पानी को हमें ज्यादा ही डालना है क्योंकि जब हम पत्तों को ग्रेवी में ऐड करेंगे तो पत्ते ग्रेवी सोखेगी तो ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पानी डाल दिया है और इस और अब हम इसमें सबसे लास्ट में ये इमली का पानी डाल देंगे तो मैं यहाँ पूरा पानी डाल देती हूँ इससे पत्तों में जो थोड़ी बहुत खराश होगी वो हट जाएगी और जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने लगे तो हम ग्रेवी में फ्राई किए हुए पत्ते के पीसेस डाल देंगे तो सभी पत्तों के पीसेस को हमें डाल देना है। ग्रेवी में डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम अब इसे दो मिनट के लिए कुक करेंगे इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है वरना पत्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी दो मिनट बाद आप देख सकते हैं कि पत्ते की सब्ज़ी बन रेडी हो चुकी है तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी का कलर कितना टेम्टिंग दिख रहा है और कितना बढ़िया आया है और आप एक बार ये पत्ते के पीसेस देखिए और इसकी ग्रेवी देखिए दोनों ही बहुत ही बढ़िया हुई है आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूले तब तक के लिए बाय बाय